कोरोना दे दे, अब, पार पार पार अब तक चार लाख सत्ताईस हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है पिछले चौबीस घंटे में तिरालीस हजार नौ सौ अट्ठाइस मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा तीन करोड़ दस लाख बयानबे हजार को पार कर गया वही एक्टिव मरीजों की संख्या चार लाख के पार पहुंच गई है केरल में एक दिन में बीस नए मरीज मिले हैं वही एक मरीजों की मौत हुई है इधर महाराष्ट्र में छह और आंध्र प्रदेश में एक नए मरीज मिले हैं देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है